चाय के दीवाने आप में से बहुत से लोग होंगे लेकिन चाय से इतनी दीवानगी कि पूरी दुकान ही चाय के कप के अंदर खोल ली जाए ये आपको केवल सूरत के अंदर देखने को मिलेगा और मात्र तीन साल में ये चाय का कप इतना फेमस हो गया है सूरत के अंदर कि रात के दो बजे भी यहां पे आपको लोगों की भीड़ मिलेगी तो वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा गाइज मजा आ जाएगा आपको तो भाई क्या क्या मिलता है अपने पास सर हमारे यहाँ चाय है पुदीनाबल है तो आपके पास बहुत सारी तरह की चाय है और स्नैक्स है चाय दिखाइए कौन सी है ये क्या डाला हुआ चाय के अंदर लेमन ग्रास।, लेम ग्रास डाला हुआ है तो लेमन ग्रास वाली इनकी स्पेशल चाय है इसके अलावा और स्नैक में क्या क्या फेमस है भाई अपना? तो अपने लिए लगा दो आप। तो सबसे पहले भैया ने ब्रेड ले लिया है काफी बड़ा साइज है अब पहले इसके ऊपर लगाया जा रहा है बटर तो तीनों जो स्लाइसिस है तीनों के ऊपर बटर लगा लिया अच्छे से बटर भैया कौन सा यूज करते हो अमूल बटर अब ये इसके ऊपर लगाई जा रही है हरी चटनी अब तीनों स्लाइस पे लगा दी गई है हरी चटनी। चटनी ये भाई अच्छा तो पुदीने की चटनी इसके बाद तो मसाला डाला गया है और इसके ऊपर डालिए चिली फ्लेक्स ये क्या डाल रहे हो भैया अच्छा ये मिक्स वेज है किसी ड्रेसिंग के अंदर की हुई है अच्छा अच्छा अब इसके ऊपर फिर से चिली फ्लेक्स उसके ऊपर डाला गया है चुगिम्बर उसके ऊपर टमाटर डाले गए हैं और फिर से मसाला फिर से चिली फ्लेक्स हैं, उसके बाद है कैप्सिकम तो बहुत सारी चिली फ्लेक्स चल चुकी हैं, स्पाइसी होने वाली है अपनी सैंडविच अब एक बार फिर से मसाला डाला गया है अब ये इसके ऊपर चीज डाली जा रही है अमूल की तो ये देखिए इसके ऊपर जो डाइस मोर्जरला होता है वो चीज डाल दी गई ढेर सारी तो चीज फुल बहुत बढ़िया आने वाला है और उसके ऊपर फिर से आ गई है फ्लेक्स और फिर से मसाला आप इसको कवर कर दिया है और इसके ऊपर हल्का सा बटर रोल लगाया गया है और अभी से ग्रिल किया जाएगा तो ये देखिए भाई कोई पांच मिनट हो चुकी है सैंडविच अपनी हो चुकी है ग्रिल अभी इसे बीच से काटा गया है और इसके ऊपर भी चीज आएगा और ये आ गया है चीज चीज आप देख सकते हैं अमूल का यूज किया जा रहा है और ये इसके ऊपर कर दिया चीज की बारिश और ये इसके ऊपर डाले जा रहे हैं चिप्स पटेटो चिप्स और तो इसके ऊपर से यह क्या डाल रहे भैया ये मेयो है तंदूरी मेयो, और इसके ऊपर डाल दिया हरा धनिया और कैबेज हो तो हो रही भाई तैयार तो सैंडविच अपनी लग चुकी है लेकिन मेनली फेमस है चाय के लिए तो अब चाय लगवाते हैं और आप बताते हैं टेस्ट कैसा है यहाँ पे चाय अपनी बन चुकी है चीनी इसमें मिक्स हो चुकी है अब देखिये चाय डाली जा रही है केटली के अंदर और सर्व की जा रही है कुल्लर के अंदर ये देखिए, ₹30 प्राइस है है? है भाई इसका। तो टेस्ट टेस्ट देखते है, है? हैं, हैं, कैसा पहले चाय चाय लेते काफी ठीक ऊपर मलाई जम चुकी है इसके। चाय का डेस्ट सिंपल है लेकिन लेमन ग्रास का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा है तो मेरे को लेमन ग्रास पर्सनली बहुत पसंद है तो चाय मुझे बहुत बढ़िया लगी सैंडविच टेस्ट करते है सैंडविच कैसी बनाई हुई है बहुत सारी चीज डाली हुई है ऊपर अंदर भी बहुत सारी चीज है और दिखने में छोटी लग रही है आपको लेकिन ट्रिपल लेयर है और ब्रेड का साइज भी बहुत बड़ा था अंदर जो चीज डाली हुई है बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है और जो उन्होंने मेयो डाली हुई है वो भी तंदूरी मेयो है उसका भी हल्का सा फ्लेवर आ रहा है और जो उन्होंने वेजिटेबल्स डाली हैं वो भी किसी इनकी इन हाउस ड्रेसिंग के अंदर डाली है जो कि स्पाइसी और बहुत सारी फ्लिटलेस डाली हुई है तो मिर्ची भी लग रही है बट ये सैंडविच फ्लेवरफुल लोडेड और मुझे नहीं लगता है एक आदमी से फिनिश कर पाएगा तो दो सौ के हिसाब से स्लाइटली एक्सपेंसिव आप कह सकते हो बट क्वांटिटी काफी चाहिए और चाय तीस रुपए में लेमन ग्रास अगर आपको पसंद है बहुत बहुत बढ़िया चाय है और अभी हमें को पता चला कि ये जो आप देख रहे हैं मिस्टर चाय बाइक ये सूरत का सबसे फेमस लेट नाइट स्पॉट है इवन लॉकडाउन में भी दो बजे तक ये ओपन रहता है तो अगर आप सूरत आ रहे हैं और आपको लेट नाइट ट्रेनिंग हो रही है चाय की और हल्के फुलके स्नैक्स की तो आप डेफिनेटली यहाँ पे आइए मिस्टर चाय बाइक पे चाय तो इनकी आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी और सैंडविच भी काफी हैवी है काफी लोडेड है तो मुझे जगह पसंद आई अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे अच्छा वेस्ट फूड एंड नो मैटर वे यू आर आई फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंगली बहुत बढ़िया चैनल